नमस्कार मैं अनुराग आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाग बात आज स्टूडियो में हमारे साथ में है न्याज अहमद खान साहब आप आइए सफसर हैं लेकिन आपकी ख्याति एक लेखक के रूप में ब्राह्मणों को लेकर आपने जो अनुसंधान किया उसकी बहुत चर्चा है क्योंकि एक किताब की शक्ल में ब्राह्मणों की खूबियां उनका आचार व्यवहार सबके सामने लाने का प्रयास न्याज जी है नियाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत न्याज भाई बड़ा, बड़ा सीधा सा सवाल है कि मियाज़ अहमद खान एक ब्राह्मणों के बारे में क्यों अनुसंधान कर रहे हैं क्यों रिसर्च कर रहे हैं क्यों लिख रहे हैं देखिए मेरा तो ये मानना है कि जब आप एक राइटर रहते हैं तो धर्म और जाति इन सब चीज़ ऊपर चले जाते हैं आप राइटर को एक कंटेंट चाहिए सब्जेक्ट चाहिए तो मैं यदि सब्जेक्ट आपके पास है तो अपने आपको उन सीमाओं मत बांधिए आप किस धर्म के जीते वो लिखिए उसको बीइंग मैं मुस्लिम हूं अब ब्राह्मण ब्राह्मण हम सब भाई इसी देश में रहे डी एन ए जी हमारा सब एक का है सब एक दूसरे दुखों को हम समझते हैं मुझे लगा कि एक ब्राह्मण कम्युनिटी का जो इतिहास साढ़े तीन साल का था बहुत ही गौरवशाली इतिहास बड़े बड़े अचीवमेंट और अगर पीछे घूम करके आप देखें तो यदि ये कहा जाए कि ब्राह्मण को माइनस करके इंडिया को देखा जाए प्राचीन भारत को तो मुझे लगता है कोई कहानी नहीं बनती जब इसके अंदर चाणक्य बड़े मेरे आइडियल चाणक जी महान चाणक्य महान ब्राह्मण चाणक्य जी उनकी लाइफ देखी ददीशी के बारे में पढ़ा ऐसे कितने राइटर और बड़े बड़े बड़े बड़े फ़िलासफ़र बड़े बड़े संत ऋषि मुनि तो मुझे लगा कि नहीं एक किताब बनती ब्राह्मणों पे, क्योंकि जब से लोकतंत्र आया और बराबरी कॉन्सेप्ट आया तब से समाज में ऐसा लगता है कि नहीं हम सब बराबर हो गए अब कोई ऐसी चीज़ बची नहीं लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुत ही ग्रेट रहा है जिसका ओरिजिन बहुत ही बड़ा रहा है उसकी पहचान मिटनी नहीं चाहिए वर्तमान समय के अंदर भी पहचान उसकी बनी रहनी चाहिए और आने वाले समय में बनी रहनी चाहिए तो इसी उद्देश्य को लेकर मैंने ब्राह्मीन द ग्रेट लिखा है और मुझे पता था क्योंकि मैं नॉन मुस्लिम हूँ तो ये भाव तो मेरे अंदर थे पर मुझे लगता नहीं यदि कोई भी अचीवमेंट किसी के बहुत बड़ा है तो एज ए राइटर मुझे लिखना चाहिए बातचीत में न्याज भाई ने एक बात कही कि इस देश में जो भी है सबका डी एन इस पर भी लोगों को बड़ी आपत्ति होती है स्वीकार करना नहीं चाहते या सबसे मुँह छुपाते हैं नहीं सत्य से मुझ छुपाना है भाई ये जो है कोई यहाँ के पाकिस्तान या सऊदी अरब वाले नहीं थे यहाँ सब यहीं पर बाहर से फेत आए क्रिश्चियन के अंदर भी वही है यही आया यही धर्म कन्वर्ट कराया यहीं मुसलमान बन गए अभी मैं आप बैठे अगर दोनों कर दिए जाए जाति का तो बता नहीं पाएगा क्योंकि हम सब एक ही हैं अलग अलग मज़हब हम फॉलो कर रहे हैं इसलिए क्या सब हम सब भारतीय एक ही हैं सेम हम जीन हमारा है हमारे फेत्स अलग अलग है आप क्या है कि बड़ी शागो से सच भूल जाते हैं इसी से फिर लोगों को दिक्कत हो जाती है देखिए जब आप चिंतन नहीं करते हैं और जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं गहराई से सोचेंगे नहीं चिंता हमारे अपने यहाँ क्या होता तो है कोई चीज़ होती है तो बस एक लहर चल जाती है कि अरे गलत है गलत है अरे थोड़ा सोचो समझो चीज़ों को जो मैं कहता हूँ लोग क्या समझते नहीं ना सोचते हैं ना, चिंतन करते सीधा रिएक्शन देते हैं जबकि बड़े नहीं गहराई की बात करता हूँ मैं क्या सच बोलना अभिषाप है सच बोलना पाप है नहीं नहीं ना तो अभिशाप नहीं सत्य तो बोलना ही चाहिए मुझे लगता है कि जब सत्य बोलना आप बंद कर देंगे तो सब कोई अफत की दुनिया में तैरता रहेगा इसलिए सत्य कहीं से भी आए कहीं से सत्य तो आना चाहिए सत्य का महत्व भी रहना चाहिए और समाज को निकल कर उसको रिकोगनाइज भी करना चाहिए कि हर कोई सत्य बोलना बंद कर देगा तो सब हम क्या है झूठ की दुनिया में तैरते रहेंगे इसलिए कोई ब्राह्मण ग्रेट लेखक लिखता है बहुत साहस के साथ उसके जीवन में जो घटित होता है उनसे सीखता है अनुसंधान करता है रिसर्च करता है मुझे लगता है कि ये साहस से भी ऊपर की बात है तो साहस से इस तरह का लिखा नहीं बिल्कुल नहीं है अगर मैं लिखता हूँ ब्राह्मण द ग्रेट तो कोई हिंदू भाई या ब्राह्मण भी आकर लिख सकता है मोहम्मद द ग्रेट किसी ने रोका नहीं है कोई अगर लिखे तो भी लिख सकता है एज अ राइटर मैंने ब्राह्मण दुनिया जो लग रहा होगा और तो मुझे लगता है कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर या ऊपर वाले ने ये आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस तरह किताब कभी लिखी गई हिंदुस्तान में कि एक अल्पसंख्यक या मुसलमान ने लिखी हो तो मैं तो इसको बहुत बड़ा अवसर मानता हूँ कि ईश्वर ने अगर ब्राह्मणों के आज के युग में जहाँ पे लोग एक विरोध का स्वर चलता है जहाँ लोग नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे देखिए अपमानजनक वीडियो अपलोड है जिधर भी नजर दौड़ाएँ तो मुझे लगता है कि नहीं है, मेरा फर्ज बनता है कि बींग मोस्टली मैं इस चीज़ को लेकर के आऊँ कि ब्राह्मण क्या रहा है प्राचीन काल में आज भी उसका महात्ता है लेकिन लोग भुलाएं ना और फिर से इतिहास की वो लोग टर्न हों उनको देखें कि हैं कि हमारे पास कैसा बहुमूल्य एक संपत्ति ब्राह्मण हमारे देश में है जिनको पूरा पर्दे पे लाकर फंड ला कर फ्रंट में ला करके कर, सुपर पावर बना सकते मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि उनके अंदर वो ब्रेन पोटेंशियल है है वो माइंड मानसिक क्षमता कि जो देश के लिए एक बहुत बड़ा ब्राह्मण एक, एक सिद्ध हो सकता है आपने ब्राह्मण के लिए लिखा आप खान साहब मुसलमानों में भी किसी विषय पे ऐसा लिख सकते थे नहीं क्यों नहीं लिखूंगा मैं तलाक तलाक मेरी आ चुकी किताब मुस्लिम पे नहीं विवाद मैं वही बता रहा हूँ अपने देश में क्या है वो मेरी पहले उसे के नाम से आई हाँ। थी बाद में तलाक तलाक में कन्वर्ट हुई हो, हाँ। तो जब कोई अब नया आइडिया लेके आते हैं तो विवाद देते हैं बड़ी आपत्ति में लोग सत्य रहता है आप सत्य कोई अध्ययन नहीं करना चाहते बोलते विवाद है ये ये ये एक संशोधन है कि जब आप सत्य को स्वीकार नहीं करते और सच को सच मानने से इनकार कर देते हैं तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बहुत विमम्लता से मैं कह रहा हूँ कि ये विवादों को जन्म तथा लिखे देते हैं। नहीं पढ़े लिखे लोग देखिए जागरूक होगा चिंतन करता होगा वही व्यक्ति नई चीज लेके आएगा ना भाई कहाँ से अपेक्षा करेंगे कोई चीज लेकर आने की पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बोलेगा जब पढ़ा लिखा व्यक्ति बोले चूंकि पढ़ के बोलता है बाकी पता नहीं रहता बोलता विवाद हो गया ये पहली किताब जब देखी उसका रिस्पांस आया उसके बाद एक सिलसिला चल पा लगभग सात किताबें अब तक आ चुकी हैं और किताबें लगभग जो देखने में आई सभी बाइलैंग हिंदी का पाठक पढ़े कि इंग्लिश का पाठक पढ़े वो समस्या नहीं है दोनों के लिए हैं तो किताब लिखने के पहले क्या मन में रहता है कि ये विषय आ गया तलाक वाला मसला आ गया ब्राह्मण आ गए या आपको तमाम दर्शक आश्रम सीरीज देख रहे होंगे उसकी जो मूल कथा है वो न्यास अमर साहब की लिखी हुई है उस समय भी ये हुआ कि जब क्या आप साहब हिंदू विरोधी हैं इस तरह का आपको ठहराने की कोशिश की गई देखिए आप बात कर रहे हैं अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ माय आश्रम में किताब आई थी तो उस किताब की 2014 में लिखना शुरू किया था और वे फ्रीज तो दो हज़ार बीस, बीस में आई थी छः पाँच छः साल बाद आई थी तो मेरे दिमाग में देखिए वो आइडिया जो आ चुका था आज से सात साल पहले वही वेब सीरीज हिंदुस्तान का सबसे सुपरहिट सीरीज रहा तो डेफिनेटली मैंने वो चीजें सात साल पहले पकड़ ली थी जो मुझे लिखना चाहिए था बाद में जनता ने उसको स्वीकार किया तो आपने जब देखा तो कहीं ऐसा आपको लगा था कि ये सच है या ऐसा कोई घटनाक्रम सामने बिल्कुल राइटर मुझे लगता है कोई झूठ लिखता है तो अगर आप कोई चीज लिखे लोग ये सोच नहीं है तो झूठ है मुझे लगता हो कि राइटर नहीं है जब भी आप लिखे दमदारी साथ लिखे भले फिक्शन लिखता हूँ नॉवेल लिखता हूँ एक सोलिड स्तंभ रहता है ना तो राइटर उसके पीछे सॉलिड स्तंभ खड़ा करता आश्रम को लेकर आप अदालत तक पहुंच गए जी हाँ हम कोर्ट गए हुए हैं हमने कोर्ट से कहा है कि हमारा जो कॉपी राइट था इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उसका और प्रकरण कोर्ट के अंदर देर सबेर फैसला आएगा कि मेरी बुक है कि नहीं बुक है वो तो इसमें क्या था आपको जो रिस्पांस देना चाहिए था वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने नहीं दिया इसमें नहीं देखिए दोनों चीज़ें होती थी एक तो कॉपीराइट का वायोलेशन होता है राइटर को क्रेडिट देना पड़ता है क्रेडिट भी तो है भाई क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए ऊपर से आपने कॉमर्शियली बिजनेस किया है तो उससे आमदनी भी हुई है आमदनी भी उसको हुई है तो कहीं ना कहीं राइटर के नाम पर बनती फिल्म तो फाइनेंशियल लॉस भी हुआ उसका तो कॉपीराइट के अंदर तो सारी चीजें हैं क्रेडिट भी है फाइनेंशियल लॉस भी कम्पनसेट होता है उसके अंदर अब चूंकि ये जुडिशियल है अब कोर्ट तो डिसाइड किसको प्रतिवादी बनाया आपने इस पूरी मामले में तो सभी है राइटर है डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है सभी लोग हैं इसमें डायरेक्टर माने अपने ये प्रकाश झा साहब हो गए ऊंचाइया हाँ, हाँ। मिली उस रोल से हाँ सभी सभी पार्टी मैक्स प्लेयर भी पार्टी है सिंगापुर कंपनी है वो भी पार्टी है उसमें अच्छा अभी तक की जो सातों किताबें हैं वैसे तो किसी राइटर से ये पूछना कि कौन सी आपको ज़्यादा पसंद आई या जिसमें आप ज़्यादा डूब के लिखे हर राइटर हर किताब में उतनी ही शिद्दत के साथ जुड़ जाता है तब देख पाता है लेकिन इनमें भी आपको लगा कि बेस्ट सेलर कौन सी साबित हुई या आपके नज़दीक कौन सी रही या लोगों को ज़्यादा कौन देखिए मैं बेस्ट सेलर तो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कई बार ऐसी बड़ी बड़ी किताबें आई हैं जो गुमनामे में चली गई दस पंद्रह साल बाद उठ के आई हैं जैसे एल्केमिस्ट ले लीजिए पॉलो कोयलो का बहुत सुपर है जो कि पूरी दुनिया में तहलका तहल का बचा दस बारह साल देखता है इसी पर इसीसी कोड जब लिखे डेन ब्राउन ने तो भी चुपचाप अंधेरे में पड़ी हुई थी इसलिए किताबें बहुत बिक गई हैं तो वो कोई क्राइटेरिया है बुक के कंटेंट का या उसके क्वालिटी का नहीं मानता हूँ कई बार राइटर लिख के चले जाते हैं बाद में चीजें उठती हैं लेकिन सब्जेक्ट आपने कितना लिखा है जो उठाया है जैसे ब्रह्म नगेड़ अगर मैं आज के डेट पे कहूं तो सभी किताबों में मैं इसको नंबर एक पे रखूंगा इसलिए कि एक ऐसी चीज़ मैं लेके आया हूं जो किसी ने सुना नहीं था कभी तक और जब चीज़ें आप उसके अंदर पढ़ना शुरू करेंगे तो बोलेंगे तो हमने किसी भी सोचा नहीं, नहीं है सिंगल से ऐसे नई नई चीज़ें बताई जा रही हैं तो लोग पीछे टर्न करेंगे वेद पढ़ेंगे जाकर के ब्राह्मण अपने धर्म के बारे में सोचेंगे अपने ड्रेस कोड के बारे में सोचेंगे उनको वे ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए उसके बारे में सोचेंगे मुझे लगता है कि सबसे जो मुझे संतुष्ट दे रही है और पहली बार जो सामाजिक रिकोगनीसन मिल रहा है मुझे तो वो बड़ी खुशी की बात है कि पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आते हैं मेरे पाप जब साउथ इंडिया से आ रहा है बेचारा वो ढंग से अंग्रेजी में नहीं बोल पाते साउथ के लोग तो वो फ़ोन कर रहे हैं हरियाणा से आ रहा है कश्मीर से आ रहा है बिहार से लखनऊ से बड़ी खुशी होती है कि जोशीमल मैं ले कर आया हूँ कम कम एक अटेंसन ड्रॉ किया लोगों का मैं चूँकि अभी अंग्रेज़ी में नावल है ये ये मई में हिंदी भी आ रहा है तो मुझे लगता है जब लोग पढ़ेंगे तो मुझे अप्रिससन तो मिलेगा कि भाई जोशी लिखा नई चीज़ लेकर के आया मैं समाज के लिए तो मुझे बहुत कंटेंट है और सभी किताबों मुझे लगता है कि ये मेरा बेस्ट क्रिएशन है मध्य प्रदेश के उनसे बातचीत के दौर को हम जारी करेंगे और उनकी जो की यात्रा है उस पर कुछ पर्दे अभी और उठेंगे आप देखते रहिए हम लेते हैं फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हाँ। अच्छा मस्ती और मुझसे <laughs> कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है ये ना तो सीधा है ना सादा चटपटा है नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूबाइट स्पाइस इन्फ्यूज पनीर खाओ कभी भी कहीं भी मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूबाइट पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं विभाग बात मेरे साथ इस समय लेखक अधिकारी नियार अहमद खान साहब है जी राज्य प्रशासनिक सेवा उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा दोनों का काम लगभग एक सा होता है कुछ कामों का दायरा बढ़ जाता है और एक लेखक होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है तमाम सारे आई एस अफसर हैं जो लिखते रहे हैं तो तालमेल कैसे बना पाते हैं देखिए अगर मेरे दिल सच्चा पूछे तो ठीक है मैं प्रशासनिक अफसर हूँ एक अच्छी सेवा देश की सबसे बड़ी सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा लेकिन जो मुझे खुशी अपने क्रिएशन से मिलता है जो किताब लेकर के आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए तो रोजी रोटी का साधारण है आई एस इससे ज़्यादा महत्व नहीं देता इसको लेकिन जो मैं क्रिएट करता हूँ नई नई किताबें लेके आता हूँ तो मुझे लगता है, नहीं ईश्वर ने जो सही चीज मुझे को है, है, रहेंगे मेरे विचार रहेंगे तो ऐस अ अधिकारी मैं कहूँ तो ये रोजी रोटी मेरी केवल परिवार चलाने का एक साधन तो है तय तो तो था कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना है देखिए डिसीजन था आप बड़े उत्तर प्रदेश से आप निकले छत्तीसगढ़ पहुंचे और मध्य प्रदेश में आप अक्सर हैं भाई देखिए पूरी मेरी महत्वाकांक्षा थी बिना महत्वाकांक्षा नहीं मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता था पीली बत्ती गाड़ी में घूमना चाहता था मेरा ड्रीम था पजेसिव था उसके लिए दिन रात हम अध्ययन करते थे वो मिला पीलीबत्ती गाड़ी में बैठे सब भी है। लेकिन जिस दिन से पेन पकड़ लिया पूरा स्ट्रक्चर दिमाग का चेंज हो गया क्योंकि उसके बाद पेन का महत्व आ गया है पावर तो सेकेंडरी चीज हो गई न तो मैं पावर को महत्व देता हूँ यहाँ तक कि यदि कहीं सफर में अपनी आइडेंटिटी भी छिपाता हूँ यदि कोई पूछता है आप क्या हो तो मैं उसको टालने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरी आइडेंटिटी मैं उसको क्योंकि रोजी रोटी का साधन है उसको लेके कंधे पे घूमने वाली चीज नहीं है पर बींग एज ए राइटर जो रिकोगशन समाज और मुझे खुशी होती कि लोग अब राइटर ज्यादा पहचान रहे मुझे आई बैकग्राउंड पर चला गया बैकग्राउंड में तो मुझे खुशी होती है कि मैं अपनी छवि एज ए राइटर बनाने में सफल रहा ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है प्रशासनिक सेवा का भी बड़ा महत्व है कि तमाम सारे पीड़ितों को आप जाने अंजादे न्याय दिलवाते हैं उनकी वो मदद कर पाते हैं कि जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते ठीक है तो वो किया है जब जब मुझे मौका मिला तो वो भी खूब किया जम के किया मुझे लगता है आप लोग शुरू तो पंद्रह 20 साल से मुझे देखते आ रहे हो फील्ड में कि जो मैं करके आया कोई नहीं कर पाया तो मेरे नाम पर ढेर सारे रिकॉर्ड बने हुए हैं वहाँ पर लेकिन मैं रिकॉर्ड को जितना महत्व तो नहीं देता हूँ क्योंकि मैंने सैलरी गवर्नमेंट से लिए आगे बढ़ा वो रिकॉर्ड मेरे लिए माने नहीं क्योंकि मैं सरकार पे हमको इसी लिए करती है लेकिन एज ए क्रिएटिव काम जो किया ये मेरा अपनी संपत्ति बारह साल से जो लिख रहा हूँ जो कह रहे हैं मेरा भी परिचय जो है पिछले 20 सालों से है न्याज भाई से और बहुत कम ऐसा देखने को होता है कि लोग इसको स्वीकारें कि सरकार हमको काम करने की तनखा दे रही है और हम उसके एवज में काम कर रहे हैं कोई किसी पर नहीं कर रहे तमाम अफसर ऐसे होते हैं कि जो मठा दीज बन के बैठ जाते हैं और किसी से कोई वास्ता नहीं रखते मुझे लगता है कि जब व्यक्ति संवेदनशील होता है तो भले ही वो लेखक हो या प्रशासनिक अधिकारी हो दोनों जगह वो अपने झंडे गाड़ता है ऐसे ही न्याज भाई है बात ब्राह्मणों की करते हैं आपने चाणक्य की बात की हिंदुस्तान के इतिहास को जब कभी घुमा फिरा के देखा जाता है तो चाणक्य एक बहुत बड़े पात्र के रूप में निकल के आते हैं देखिए मैं तो जब मैं राइटर नहीं बना था तभी मैंने चाणक्य बहुत पढ़ा था और पीएससी में मेरा सिलेबस भी था चाणक्य पे तो चाणक्य का जो गहरा प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क में मुझे में बहुत गहरा रहा खास कर उनकी सादगी और देश का प्रेम इतना प्रेम था उनके अंदर कि उन्होंने धनानंद को भरे दरबार में ही उसको पस से फेंकने का वचन ले लिया जबकि चाहता तो कटवा देता सर तो ये नाम था एक बहादुर जो ब्राह्मण कहते हैं ईमानदारी लेवल ये था कि वो दो लाल रखते थे एक सरकारी काम के लिए अलग और व्यक्ति चीज़ के लिए अलग चाहते तो खुद उन्होंने एम्प्रर बनाया सम्राट बनाया खुद प्रधानमंत्री उसके अंडर में बन गए तो वो व्यक्ति जो निस्वार्थ निस्वार्थ विभाव से कोई मुंह नहीं किसी का मुंह नहीं ईमानदार देशभक्त सच्चा जिनका सेल्फ रिस्पेक्ट जिनका आसमान पर बैठा था महान ऑथर महान राइटर थे महान विचारक थे महादार्शनिक महाअर्धविशेषक महा, महा, महा, महा स्ट्रेटजिस्ट महान विदेश पॉलिसी उनकी तो रड़ ऐसे रड़। गुण देखा जाए तो सात आठ जो नौ गुण है चाणक्य जी के वो शायद हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होते हैं उस सब गुण चाणक समाये थे एज अ इंडिविजुअल मेरा जो मानना है कि चाणक्य शायद धरती पे अब दोबारा जन्म नहीं लेगा और यह भारत के अचीवमेंट है बहुत बड़ा कि ऐसा व्यक्ति एक ही बार आता धरती पर जो चाणक्य अंतिम में आए थे और चाणक के प्रति इतना मेरे मन में जो श्रद्धा और सम्मान हो सकता है ईश्वर ने कहीं ना कहीं से मेरे अनकॉन्सियस ब्रेन में इस किताब के लिए प्रेरित किया हो ये भी हो सकता है कि वो भी एक फैक्टर रहा हो इसीलिए मैंने अपने जो मुख्य पात्र है नॉवेल का जूनियर कौटिल्य जो मुख्य कैरेक्टर है नॉवेल का मैंने जूनियर कौटिल्य नाम भी दिया है ताकि कम कम चाणक सम्मान में मैं नाम भी कौटिल्य दू तो कहीं ना कहीं तो मेरे जीवन पे बहुत ही जबरदस्त प्रभाव रखने वाले कैरेक्टर है कौटिल्य जी इसमें आपने तमाम ब्राह्मणों की चर्चा की आपने दत्ती जी का जिक्र किया तमाम सारे लोगों की बातें आई तो ये लगता है कि हिंदुस्तान को एक लड़ी में कहीं प्रेमणों का प्रयास भी इन लोगों ने उस जमाने में भी किया देखिए कि उसने नहीं आप देखिए मैं वही कह रहा हूँ बार बार आपको कि जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने कुछ ब्राह्मण जो मेरे कर्मचारी थे मैंने बुला के उनके आई टेस्ट करने की कोशिश की तुम बताओ जरा तो जब कोई बता नहीं पाया मैंने कहा चलो मैं एवरेस्ट ब्राह्मण से थोड़ा आगे निकल गया हूँ मैं जानकारी के बारे में तो मैं भी टेस्ट भी किया करता था चीज़ों को इसके अलावा कुछ नई चीज़ों में अध्ययन करता था मैं बीच तो में इंटरव्यू लिया करता था लोगों को देखो ये क्या सोचते हैं उसके बारे में आप देखिए वेद इतना बड़ा ग्रंथ है क्योंकि मैंने तो वेद का नाम सुना था जब मैंने उसके अंदर अध्ययन किया एक मंत्र पढ़े वे चारों वेदों, चारो वेदों के चारों वेदों के मुझे ये पता चला कि पर्यावरण की रक्षा के लिए तो सबसे बड़ा ग्रंथ वेद है धरती के अंदर इससे बड़ा उसमें पशुओं की रक्षा एन्वायरमेंट की रक्षा क्लाइमेट हर चीज का सोलूशन उसके अंदर जो आज देखते हैं ना क्लाइमेट क्राइसिस क्लाइमेट दिन रा चिल्ला रहा है सब सोलूशन वेदों के अंदर दिया गया है वेद किसने दिया ब्राह्मण ऋषि मुनि थे श्रुति कहलाते थे ये एक दूसरे बताते गए आगे बढ़ते गए वेद मुनि व्यास ने कंपाइल किया जाकर के महासागर वेद तो महासागर है ऋग के अंदर दस मंडल एक मंडल पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा आपको तो ये बताइए क्रिएशन किसके पास किसने दिया महाभारत किसने लिखा सूरज सुदामा जी को ले लिए बेचारे कृष्ण के दोस्त थे चाहते क्या नहीं कर सकते थे सिंपल सिंपल लाइफ झोपड़ी में रहते थे बेचारे उसी प्रकार से आप पेशवाबाजी राव ले लो अगर मॉडर्न टाइम में देखे जाए तो कितने बड़े योद्धा पुनरैया ब्राह्मण ले लें जो कि टीपू सुल्तान का पूरा जो है उनके शासन को टीपू सुल्तान ही अप्रदेश में चलाया करते थे बहुत बड़े एडवाइजर रहे हैं तो आप हर युग में ले लीजिए लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे डेमोक्रेसी आई राइट टू इक्वलिटी आ गई अब लोग ये मान बैठे कि नहीं अब ब्राह्मण कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बींग्स नहीं है भी कॉमन लोग हैं ये देश का दुर्भाग्य है कि अगर ही इक्विलिटी ठीक है लेकिन मुझे बताइए धरती पे आप दो चीज़ बता दीजिए जो बराबर है धरती में कोई बराबर नहीं कभी हो ही नहीं सकता हीरा सोना चांदी सबका अलग अलग मूल्य है फलों को ले लें सारे फल बराबर नहीं है आप कहें नहीं यहूदी जो है और बाकी देशों के बराबर वो भी नहीं है श्वेत कहते श्वेतों के बराबर वो भी नहीं है तो ब्राह्मण कैसे बराबर दूसरों को हो गया ब्राह्मण भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है तुम तो ब्राह्मण सबका बराबर कदापि नहीं है वो एक्स्ट्रा है रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्रिएसन है गॉड का वो जो आज के दौर पर हम उनको भुला करके एक ऑर्डनरी आदमी समझ रहे हैं मुझे लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति हमको उठानी पड़ रही है कि इसी बराबरी की सोच कारण हम जो बड़ा हमारा टैलेंट है सब देश छोड़ के जा रहा है ब्रेन ड्रेन हो रहा है चारों तरफ तो, तो मेरा है कि हमारा सब देशवासी तो हो मुस्लिम हूँ जबकि मेरे से अपेक्षा नहीं किया मैं ऐसा बोलूँ लेकिन देशवासियों को चिंतन करना चाहिए कि ब्राह्मणों प्रति रिस्पेक्ट हम करें उनको जितना अवसर मिल सके हम देने कोशिश करें उनके ब्रेन का राष्ट्र के निर्माण में फिर से प्रयोग करें अपमानित करना पूरी तरह से बंद कर दें क्योंकि अगर आप यहूदी को ले लें 50-55-60 लाख की आबादी पूरी दुनिया में छाए हुए पूरी तरह से भाई उनका अस्तित्व क्यों नहीं मिटा श्वेतों का अस्तित्व क्यों मिटा ब्राह्मण क्यों भुला दिया हमने तो मुझे दुख भी इस चीज़ को कि भारतवासियों को बढ़कर फिर से सोचना पड़ेगा कि हम ब्राह्मणों पर दृष्टिकोण अपना बदलें उनके अंदर सम्मान का भाव पैदा करें ब्राह्मण के अंदर कॉन्फिडेंस लॉस हो रहा है सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी कि कॉन्फिडेंस सुन हो रहा ब्राह्मणों का बेचारे वो भी अपने आप को मान ले कि हम भी बराबर हैं जबकि कहीं ना कहीं किताब इसलिए लिखी गई कि इनको कॉन्फिडेंस को झिस्कोरा जाए फिर फिर जगाया जाए फिर उनको एहसास दिलाया जाए कि आप एक्स्ट्रा हो आप किताब देखिए आपकी किताब की पूरे देश में चर्चा है समय और अगर ब्राह्मण सो रहे हैं तो जाग जाए आपका जो आह्वान है लोगों से भी आपका निवेदन है इनके इनको उचित सम्मान दें वो भी ठीक है लेकिन जो देश के हुक्मरान है जो भी हैं किसी भी पार्टी क्यों जो भी अपने आप को समझते हैं कि हम सत्ताएँ चला रहे हैं या हम प्रशासन चला रहे हैं हुक्मरान से आशय मेरा किसी राजनेता से नहीं सबसे है वो लोग क्या सोचते हैं किताब को लेकर उनसे भी आपकी चर्चाएं होती होंगी देखिए मेरा तो ये मानना है कि मैं तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ मैं तो एक राइटर हूँ ना तो पोलिटिकल बयान देता हूँ कई मीडिया वाले मुझे घसीटने कोशिश करते हैं मैं उसमें तो जाना नहीं चाहता पोलिटिकल इशू पर मेरा बात करो टैलेंट पर है ब्राह्मण के कि ब्राह्मण एक हीरा है एक टैलेंट है उसकी पहचान करो आप अब आप, आप नंबर में हम दिक्कत क्या हो गई ब्राह्मण नंबर में गिनना शुरू कर देते तो पाँच छः परसेंट है साढ़े सात आठ करोड़ की आबादी है बेचारे असली अल्पंख्यक तो ब्राह्मण हैं आज के डेट पर देखा जाए तो समस्याएँ भी गंभीर है उनकी फाइनेंशियली आप देखें जाके लोअर लेवल पर तो बहुत स्थिति खराब है तो मेरा संख्या यही कि हम संख्या बल में न गिने इनको कम कम उनको एक सम्मान दें कहीं भी पुजारी आए दार्शनिक आए हमारे बड़े बड़े शंकराचार्य जी हैं मंदिर में पूजा करने इनको बड़ा परम सम्मान दें हमें इनको तो क्योंकि बेचारे तीन हजार से आपकी संस्कृति को कंधे पे ढो रहे हैं ये बचा रहे हैं आपके महान कल्चर को बचा के ब्राह्मण रखे हुए हैं तो मुझे बड़ा दुख भी होता है कि जो अनादर का भाव हमारे अंदर है वो ख़त्म हो ब्राह्मण को सम्मान दिया जाए और उनके अंदर हम खुद कॉन्फिडेंस पैदा करें नहीं भाई आप तो हमारे देश के एक मार्गदर्शक हज़ारों साल तक रहे हो और हमारे भविष्य बन में आगे रहो तो इसको पॉलिटिकल एंगल्स नहीं लेनी चाहिए सब हर वर्ग के लोगों को मिलकर ब्राह्मणों को सम्मान तो कम से कम करना चाहिए जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है मुझे लगता है कि आपकी किताब जो है वो चमत्कारिक साबित हो और जैसा आप चाह रहे हैं ऐसा ही हो इसके बाद ब्राह्मणों के बाद आपका अगला टारगेट क्या विषय होगा देखिए अभी तो मैं नहीं लिख रहा हूँ एक साल तक कुछ नहीं सब्जेक्ट मेरे पास अब ऊपर वाला क्या कब दे दे सब्जेक्ट लिखने के लिए तो मैं नहीं कह सकता फिलहाल तो कोई सब्जेक्ट नहीं मेरे पास अभी वर्तमान जो व्यवस्था इसमें कई सारी चीज़ें एक अफसर के नाते भी आती होंगी और लेखक के नाते भी आपको कई बार द्रवित करती होंगी रिजर्वेशन का इशू है जात पात हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है हम जिस समानता की बात करते हैं वो कभी आ नहीं पाती समाजवाद की तो बात नहीं करते समानता की बात करते हैं कि एक समानता का वातावरण बने जो गरीब और अमीर के बीच के खाइए इसका कहीं निदान संभव लगता है देखिए ये नि... सब चीज़ प्रॉब्लम इसलिए आ गया कि आपने अपना कल्चर छोड़ दिया जो प्राचीन कल्चर था ज्वाइंट फैमिली सिस्टम थी आपका एक शानदार सोशल स्ट्रक्चर रहा है वर्ण व्यवस्था तो दुनिया के पहला कार्य विभाजन था जहाँ पे चार वर्ण बनाए जहाँ नफरत की भावना नहीं था कोई नफरत नहीं कोई थी ना कुछ नहीं, नहीं।, नहीं। बड़े अच्छे उद्देश्य था तो मैं तो कहता हूँ कि वर्ण व्यवस्था एक शानदार कार्य विभाजन था उस जमाने में 2000 साल पहले ब्राह्मणों ने समझ लिया था कि समाज को कैसे एफिशेंट बनाया जाए तो मुझे लगता है कि समय के साथ साथ जब हमने पाश्चात्य कल्चर में भौतिकवाद में आए वैज्ञानिक सोच हमारी आ गई तो हर चीज़ को हमने कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पर कसना शुरू कर दिया तो सब पतन शुरू हो गए अगर हम कल्चर को पकड़े रहते हैं अपने संस्कृति को पकड़े रहते धर्म को लेकर के चलते भौतिकवाद के मुँह से थोड़ा दूर रहते जैसे आप भूटान वगैरह ले लीजिए कल्चर उनके लिए सब कुछ होता है देश में नॉर्थ कोरिया चले जाइए जा जा, कल्चर बहुत है उनका तो तो तो तो तो हमने चूंकि जब ये भौतिकवाद की मार इसके अलावा आपने वैज्ञानिक सोच आपकी इसके अलावा जो राइट टू कॉन्स का कॉन्सेप्ट इन सब चीज़ों ने क्या कि हमें खोखला कर दिया आज के देट पर अगर हमारा पुरानी संस्कृति मेरा अभी है अगर हम अपने कल्चर को फिर से अपनाएँ पुरानी संस्कृति को फिर से लाएँ गली गली में घंटे बजे तो लोग नमाज़ पढ़े, लोग अपने ड्रेस कोड में रहे, जॉइंट फैमिली सिस्टम रहे धर्म प्रति लोगों में आस्था रहे भौतिकवाद से हम दूरी बनाएँ पेड़ों की पूजा करें नदियों का सम्मान करें फिर से हम एक अच्छा महान भारत बना सकते हैं पर सबसे बड़ा जो चैलेंज हम लोग के सामने भौतिकवाद है और वैज्ञानिक सोच है ये दो सबसे जानी दुश्मन भारत कल्चर के लिए है बहुत ही खतरनाक है लेकिन मुझे उम्मीद है कि देखिए जो टैलेंटेड कमटी रही इतिहास के अंदर आप ख़त्म नहीं कर सकते ब्राह्मण फिर उठेगा यहाँ से और जो खोई उसकी प्रतिभा फिर वापस उसको आएगी क्योंकि यह देश ब्राह्मण के ही मार्गदर्शन में पुनः जो है जागृत होगा तरीके के अंदर और सारी बुराइयाँ ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में दूर होंगी मुझे पूरा यकीन है और नहीं होगा तो ये किताब आई चुकी बाजार के अंदर जिसके अंदर जो लोग पढ़ करके तो कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन लेंगे कुछ तो कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो, लेकिन मेरा मानना है कि देश की संस्कृति कल्चर इससे बड़ा कुछ नहीं होता कुछ भी नहीं होता है और एक ब्राह्मण जो साधु हो संत हो कोई भी हो मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर हमारे संस्कृति हमारे है। है। तो संस्कृति की जो धार है वो भी यही कहती रही कि जतना पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान तो बात ज्ञान की है आ, न्याज अहमद साहब को आप सुन रहे थे लगातार द ग्रेट ब्राह्मण के रचयिता हैं और ग्रेट राइटर हैं मैं तो कहूँगा का, ग्रेट न्याज अहमद खान साहब आपने स्टूडियो में आके वक्त दिया आपका बहुत बहुत आभार और मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि एक बार इस पुस्तक को अंग्रेजी में और निकट भविष्य में हिंदी में आपके लिए उपलब्ध होगी इसे पढ़ें और लगता है कि ब्राह्मण गर्व करने लायक हैं तो आप भी गर्व कीजिए न्याज़ जी के नज़रिए से इस ब्राह्मण समुदाय को समझने की कोशिश कीजिए और जैसा न्यास जी को लगता है कि ये देश की एक धरोधर है और देश की उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं हमें सबको ऐसे राइटर की किताब को पढ़ना चाहिए और उसमें जो कुछ सुझाया गया हो उस पर अमल भी करना चाहिए मेहरा जी आपने समय दिया आपका बहुत you, बहुत आभार बहुत और आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक आप देखते रहिए दखल न्यूज नमस्कार